हेलो दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र है मैं आपको आज बहुत साइट पेपर का नया तरीका बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ फाइल को जिस प्रकार से किसी एक फाइल को हम ओपन भी कर गूगल क्रोम में ओपन करेंगे जब फाइल ओपन हो जाए उसके लिए प्रिंट का ऑप्शन पर जाएँगे और हमारा प्रिंटर हो गया 1005 हज़ार उसके बाद प्रिंट की कॉपी हम कस्टम में जाएंगे और एक से चार इस प्रकार से चार पेपर सिलेक्ट करेंगे मोर सेटिंग में जाकर प्रिंट एंड बोथ साइड इस पर टिक लगाएंगे लगाने के बाद ये लिखा हुआ है पेपर पर सीट एक पेपर पर हमें लेने हैं दो पेपर तो यहाँ हम दो टिक कर देंगे अब एक पेपर पर हमारे दो प्रिंट हो गए अब इसे हम प्रिंट स्टार्ट करेंगे देखो दोस्तों अब हमारे इस पर दो प्रिंट निकलने जा रहे हैं और जैसा ये प्रिंट निकला हुआ है देखो इस साइड छपा हुआ है और इस साइड नहीं इसको इस पेपर को यूं ही निकालेंगे और इसी साइड से वापस बैक लगा देंगे और प्रिंटर में जाकर ओके का बटन प्रेस करेंगे ओके और देखो हमारा प्रिंट दूसरी साइड पर निकल आया अब ये हमारा प्रिंट रेडी हो गया इस प्रकार से हम बहुत साइड प्रिंट निकाल सकते हैं